हेलो गाइस आप लोग तो ये मानते ही रहेंगे चीनी श्लोक की कमी नहीं है पूरी दुनिया में ढूंढने जाएंगे तो आज भी मिल जाएगा बाजू में भी मिल जाएगा किधर तो किधर मिल ही जाते हैं और इंटरनेट पे तो भाई लोग हैं तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंटरनेट के कुछ चीनी श्लोक जिनकी आई लेवल वन 100 क्या वन थाउजेंड कहीं पार है चलो जल्दी से मुझे नहीं हो रहा है ले तो आप देख रहे हैं जीनेस इसको भाई चलने की भी गरज नहीं है और सम लगा दिए इसने ये तो भाई एपी के इसको भाई पानी से बचने था जूते को भिगाना नहीं था तो इसने के लिए कोई हवा बना के से हो गया। लोग पास। ये तो भाई बहुत आलसीपन वाली है और इसको सोते सोते अंकुर खान की आदत ये तो भाई लॉक इसने पीछे छोड़ दिया है घूम घूम के घूमने घायल का पूरी निशानी बना दिया है लकड़ी ट्रांसफर करने का भी इसने ऑसम है। है। आ गया इसको कचरा फेंकने के लिए तो भाई औसम आइडिया इसमें डस्टबिन की खोलो और अस्थी से बंद कर दो वो नीचे आने की गरज ही नहीं तो गोल निकाल रहे हो जो बहुत लोग फेल हो जाते है अच्छी हाथ दिख रहे हो उसका ओ निकाल लिया, लिया इसने 99 परसेंट लोग फेल हो जाते पर ये बंदा पास हो चुका है yeah! ये भाई कौन सा तरीका मिस्त्री का फुल रसम प्लेस्ट कर दिया है उसका पोजीशन पोजिशन ताली तो बनती है सुपरमैन है इसकी रॉकेट तो। की स्पीड से जाएगा ये दूध निकालने का औसम तरीका है देख के तो हाँ पूरा परफेक्ट दूध निकल रहा है तो हो टॉपिक वीडियो ये बंदा ऑफिस में बैठा है वो साइकिलिंग भी कर रहा है इसको क्या पे ये तो. ये है. बच्चे को खिला रहा लगता है अपने क्या यार हम भी खुश हो जायेंगे ये मछली पकड़ रहे सोते सोते मछली पकड़ रहा है पानी से नीचे गिर रहा है मछली आती जा रही है इसमें औसम आइडिया ना हम भी ऐसे मछली पकड़ेंगे तो ये दो उसको मेरे लकड़ी काटना था तो और उसको अपने फ्रेंड को बुलाया बाइक वाले फ्रेंड को ये आया और भाई ब्लेड बना दिया देख रहे आइडिया हो तो ऐसा आई, आई क्यू लेवल ये ये तो मुझे कुछ समझ में आया नहीं वो पलटी मारा इसने वो सीधा कर दिया इसने लाइफ बोर्ड जो उल्टा था ये तो पूरा घर उठा के लेके जा रहे हैं इन लोग सौ तीन सौ लोग तो हो गए हो सिंपल सा फंडा ये क्या है चिप्स खाने का नया आइडिया है वो काम करते करते चिप्स आई लेवल इसको बोलते भाई ये क्या है शो सम बॉक्स उडन करते हैं ना तरीका वो ओ सर ही देख रहे कितना हजारों से कलेक्शन किया है एक साथ तीन तीन कुल्लाड़ी क्या लगता है आपको कटेगा मेरे को तो लग रहा है ओ पिक क्या पिक कैप्टन को पीछे छोड़ दिया यो रास्ता पूरा साफ करने का तरीका देख लो तो गाड़ी को उसने ऐड कर दिया और पूरा रास्ता साफ हो गया <laughs> मैं भी अपने खिलौनों को लगाऊंगा वो साइकिलिंग कड़क ये तो मुझे बहुत पसंद है उसने देख रहे देख औसम हो जाती है ये गिर गया यार हाथ दिया ओ लड़की पटाने का वाज तरीका ये सही है सही कह गया वो पानी गिर रहा है उसे उसने वो डायरेक्ट टेम्पो में बॉटो में गिर रहा है स्लीपो के डायरेक्ट टेम्पो में कपड़ा फोल्ड कर रही वो कड़क कपड़ा फोल्ड करने का ऑसम तरीका ये उसने शायद से हाँ पानी छिड़कने का वो पूरी बिल्डिंग उसे साफ कर दी और कहाँ ड्रोन से कोई तरीका होगा इतना औसम ये लेडी क्या कर रही है वो डॉल कलेक्शन कर रही है पीछे देख रहे हो उसके कितना डॉल ओ मैग्नेट से कर रही है जो जीनियस बी एस के डायरेक्ट वो देख रहे हो पूरा डब्बा जमा कर लिए बेचे के लगता है सस्ते के पाव में ये बच्चा ने देख रहे हो वेफर वेफर में घुस गया अपने इंडिया में क्यों नहीं यार ये होना चाहिए मे कितना लाइन लगा कि चिप्स लूँगा छोड़ा नहीं उसने एक भी चिप्स ये तो हाथ डाल के उसमें पैसा चोइस करा लगता है हजार ये तो भाई रास्ते पे जो दीवार लगाते है वो ये अपने इंडिया में नहीं है अलग ही लगता है अपने इंडिया में कड़क है ये ऑसम लकड़ी काटा उसने टायर को लगा बीच में रखते के पूरा डिज़ाइन बना रहा रहे हो गया डिज़ाइन क्या कर रहा है सही है जो भी दिमाग लगा है वो चप्पू चला रहे हो साइकिलिंग करके चप्पू चला रही है और कोई टेंशन नहीं है पीछे से भी चल रहा है ज़रूरत नहीं ये तो भाई ये तो मेरी आँखों में विश्वास नहीं हो रहा मुझे ये डब्बा लगाया उसने साइकिल लगा ओ रॉकेट ये तो मैं अपने तरीका घर पे ट्राई करूँगा और पता नहीं मचा हो जाएगा ये क्या है ओ साइलेंट साइलेंट म्यूजिक एयरफोन लगाने का और सब अपने धुन में नाचेंगे और क्या चीज़ ओ ये तो किट से फुल फुल मौसम वाली फीलिंग आ रही है ना इसको बचकाने को मेरे को तो लग रहा ही है ठीक है वो लड़की वो पैर जो जो उड़ी लगती क्या बोलती है उसको पता नहीं मिलती सबको ये भी कड़क है एक से एक पीछे से गिरेगा तो इसके लग जाएंगे आपको सबको मज़ा आया कि नहीं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ ही बाइक करके दबा दीजिएगा ये तो मैक्सिमम आईक्यू लेवल थे इन लोग 100 के भी पार 100 के भी पार और भी लोग हैं ऐसे जगह देखेंगे आगे